माय माय मराठी मेरी एक कविता, कविता हूँ, और वो बोल रही उम्र उम्र जाया दे दे। अपनों की खुशियों का जरिया ढूंढते ढूंढते अपनों की खुशियों का जरिया ढूंढते ढूंढते भूल गए खुद के भी कुछ थे भूल गए कि खुद के भी, भी कुछ, भी कुछ खाई खाई थे, खुआ और मंजिल का, का हाँ धागा बुनते बुनते, के मंजिल का धागा बुनते बुनते, भूल गए कि खुद के भी, भी कुछ, कुछ खाँद खाँद थे भूल गए कि खुद के भी कुछ खुआ थे जहाँ के गो का शोर सुनते सुनते, जहाँ के का शोर सुनते सुनते, भूल गए कि खुद के लोगों पे भी कुछ अल्फाज आ खुद के लबों पे लबो भी कुछ कुछ लूट रहे हैं मेरे अपने लूट रहे हैं मेरे मेरे अपने अपने, मेरे अपने। अप, अप, अप, अप का का का खजाना खजाना लूट रहे हैं ख़त्म ख़त्म हुआ हुआ वह वह का एक पल में एक पल में किया हमें बेगाना एक पल में किया हमें बेगाना मतलब के पंछी उड़ गए सारे मतलब के पंछी उड़ गए सारे दिन में दिख गए हम होता रहे दिन में दिख गए हम होता रहे अपनों को ससते उम्र हुई जाया अपनों को ससते उम्र हुई जाया खुद की भी जिंदगी की अब हमें याद आया खुद की भी जिंदगी की अब हमें याद आया शुक्रिया धन्यवाद